एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने नर्मदापुरम की सिवनी बानापुरा कृषि उपज मंडी का औचक निरीक्षण किया उन्होंने मंडी के हालातों का जायजा लिया और कहा कि सिवनी बानापुरा मंडी को मॉडल मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने शनिवार को नर्मदापुरम की सिवनी बानापुरा कृषि उपज मंडी का औचित निरीक्षण किया और वहाँ हो रहे निर्माण कार्यो का जायजा लिया मंत्री पटेल ने मंडी में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की बारीकी से जांच की और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र से शीघ्र मंडी प्रांगण में हो रहे कार्यों को पूर्ण करवाने के निर्देश दिए इस अवसर पर मंत्री पटेल ने कहा कि हरदा में बन रही स्मार्ट मंडी की तर्ज पर सिवनी बानापुरा की कृषि उपज मंडी को मॉडल मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा